जम्मू में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी से जवाब मांगा और कहा ये कैसी यात्रा है टुकड़े टुकड़े गैंग आपके साथ चल रही है सेना का मनोबल गिराया जा रहा है राहुल गांधी के साथ दिग्विजय सिंह भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं दिग्विजय सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं इससे वो दिखा रहे हैं की वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं जाहिर है कांग्रेस के डीएनए में ही पाकिस्तान परस्ती है सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कांग्रेस की जमकर किरकिरी करवा रहे हैं हालांकि कांग्रेस ने दिग्विजय के बयान से किनारा कर लिया है इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में कहा कि ये कभी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं कभी भगवान राम के अस्तित्व के सबूत मांगते हैं तो कभी राम सेतु के सबूत मांगते हैं दिग्विजय सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा में चलते चलते यह बोला है राहुल गांधी के साथ चल रहे दिग्विजय सिंह सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं ये सेना का मनोबल गिराने का पाप कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ खड़े हैं ये दिखा रहे हैं मैं तो राहुल गांधी से जवाब मांगना चाहता हूं कि यह कैसी भारत जोड़ो यात्रा है टुकड़े टुकड़े गैंग आपके साथ चल रही है सेना का मनोबल गिराया जा रहा है दिग्विजय सिंह के राज में मध्य प्रदेश का गढ़ था कांग्रेस का डी ही पाकिस्तान परस्ती का है कभी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं कभी राम मंदिर भगवान राम का अस्तित्व था कि नहीं था इसके सबूत मांगते हैं कभी राम सेतु के सबूत मांगते हैं और फिर दिग्विजय सिंह ने यात्रा में चलते चलते शायद कहा है श्री राहुल गांधी जी साथ चल रहे हैं और दिग्विजय सिंह फिर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं ये सेना का मनोबल गिराने का पाप वो कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ वो खड़े हैं ये दिखा रहे हैं मैं तो श्री राहुल गांधी जी से ये जवाब मांगता हूं कि यह कैसी भारत जोड़ो यात्रा है टुकड़े टुकड़े गैंग आपके साथ चल रही है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कमलनाथ को अनुसूचित जनजाति की बैठक करने का अधिकार नहीं है उन्होंने पैसा एक्ट लागू नहीं किया आदिवासी महापुरुषों के नाम पर स्मारकों के नाम नहीं रखे एक बात का कमलनाथ जवाब दे कि विशेष पिछड़ी जाति बैगा भारिया सहरिया जनजाति की महिलाओं को हर महीने एक भाजपा सरकार देती थी कमलनाथ की पंद्रह महीने की सरकार रही तब आपने पैसा बंद क्यूँ किया भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की आज हमारी बैठक है लेकिन मुझे पता चला कि कांग्रेस ने भी एक बैठक बुलाई है अनुसूचित जनजाति की मैं पूछना चाहता हूं पेशा एक्ट आपने लागू करने का वचन दिया था पेशा के नियम आपने नहीं बनाए क्या आपको हक है आदिवासी भाई बहनों की बात करने की